बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज हम देखते हैं शेयर के बारे में शेयर वही अंश जिससे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं जिनको बहुत लाभ मिलता है आने वाले समय में यही बिजनेस अच्छा है सक्सेसफुल है कंपनी ही अच्छी है कंपनी शेयर जारी करती है कंपनी ही शेयर जारी करती है और वो भी सरकारी कंपनी जैसे ए लिमिटेड जो जिन सब कंपनी के आगे लिमिटेड लगा हो वही शेयर जारी करती है शेयर दो प्रकार के होते हैं पहला प्रिफ्रेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर जो पहला होता है लोग देखते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल से तो वह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ऐप आता है मोबाइल में उससे ट्रेडिंग करके लोग शेयर ए ने शेयर बेचना चाहता है बी खरीद लेता है तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बेचते खरीदते हैं यह प्रफरेंस शेयर होता है इसको प्रिफ्रेंस शेयर कहते हैं इसमें लाभांश जब लाभ मिलता है कंपनी को लाभ मिलता है तो निश्चित रहता है 10 परसेंट ट्वेल्व परसेंट कंपनी को चाहे जितना लाभ हो लाभ आपको निश्चित मिलेगा तो जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं इसको द्वितीयक बाजार भी कहते हैं द्वितीयक बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इंडिया में तेईस स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में और इस पर कंट्रोल सेबी करता है सेबी एस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करे रहता है ऐसा नहीं कि शेयर ख़रीदेंगे तो आपका घाटा हो जाएगा कभी मत सोचिए सेबी एक नियम है कंट्रोल करता है जैसे बैंक को आर कंट्रोल करता है उसके बाद दूसरा है इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर दूसरे की हम बात करें तो सीधा कंपनी ए लिमिटेड जो होती है बैंक को कार्य सौंप देती है बैंक बीच वाला होता है तो वह इक्विटी शेयर जारी करता है यानी ये एक्चुअल में अंशधारी होते हैं इनको मतलब लाभ चाहे जितना मिल सकता है कंपनी को अगर ज़्यादा लाभ है तो लाभ कंपनी को अगर ज़्यादा हुआ तो इनको ज़्यादा पूरा का पूरा भी मिल सकता है इक्विटी शेयर जो खरीदेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर को इनको वोटिंग देने का अधिकार रहता है आपने सुना होगा कि रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी का ज़्यादा शेयर है वही जो कर कहते हैं वही होता है उन्होंने ज़्यादा शेयर अपने पास होल्ड किया हुआ है रखा हुआ है उसी लिये उनका निर्णय मान होता है सबसे ज़्यादा शेयर रिलायंस कंपनी के उनके पास हैं इसीलिए एक्चुअल में ये मालिक होते हैं इनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यह शेयर बैंकिंग कंपनियाँ जारी करती है। इसको हैं इसको प्राथमिक बाजार कहते हैं प्राथमिक बाजार कहते हैं और जब यही जनता में शेयर जारी कर देती हैं तो कंपनी क्या करती है किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा देती है कि हाँ इन्हों इन्होंने मेरा शेयर लिया है तो अब ये लोग क्या करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीद बिक्री करते हैं बेचते हैं ख़रीदते हैं फिर ये दूसरा द्वितीय बाज़ार में आ जाते हैं तो सबसे बढ़िया अगर आपको लेना है रिक्स चाहिए ज़्यादा लाभ चाहिए तो आप इक्विटी शेयर लीजिए इसमें आपका निर्णय भी मान्य रहेगा अगर आप ज़्यादा शेयर होल्ड किए रहेंगे किसी कंपनी के तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा जितना कंपनी को लाभ होगा प्रिफ्रेंस शेयर में तो निश्चित रहेगा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निश्चित रहेगा टेन परसेंट मिलेगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह अच्छा है थोड़ा रिक्शा है पर अच्छा शेयर है धन्यवाद